भोपाल के बॉटम क्लब पर पुलिस ने छापा मार कार्रवाई की है देर रात तक अवैध रूप से चल रहे क्लब पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सौ से ज्यादा युवक युवतियों को नशे की हालत में पकड़ा है वहीं इस दौरान एक युवती ने थाना प्रभारी से बहस भी की नशा मुक्त भारत बनाने के लिए पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पूरे जोरों शोरों पर है इसके तहत देर रात तक अवैध रूप से चल रहे क्लब बॉटम पर पुलिस ने छापा मारा भोपाल के चूनाबट्टी क्षेत्र स्थित क्लब में देर रात तक बर्थडे पार्टी चल रही थी